हेलो महोद आपका स्वागत है में तो आज शिवरात्रि या का तो आज हम बना रहे हैं शिवरात्रि के ऊपर जल चढ़ाएंगे चलिए हम जो तो बना लेते हैं चला सेज ये डेट से साईं पुराना मंदिर है आज हम यहां पर पूजा करने जा रहे हैं साईं पुराना मंदिर है आज हम यहां पर पूजा करने जा रहे हैं 150 years old temple let's go in अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए